नमस्कार मैं ओमराग आप देख रहे हैं मेरे साथ विभाग बात आज विभाग बात में हमारे साथ हैं ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता जी मुकुल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है मुकुल जी की चर्चा इसलिए है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले युवा बेरोजगार बड़ी संख्या में उनको ऐसा प्रशिक्षण कैसे प्राप्त हो कि जल्द से जल्द उनको रोजगार मिल जाए इसके लिए आप पूरी ताकत से लगे हुए हैं और कई लोगों को रोजगार दिलवा चुके हैं और कई लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो जल्द रोजगार जिनको मिल जाएगा मुकुल जी जब कोई अधिकारी होता है तो उसके दिमाग में होता है कि अब डेवलपमेंट का काम कर दें हम कुछ ऐसा करें कि नेताओं की निगाहों में आते रहें तरह तरह के काम होते हैं ये क्या है कि इस रोज़गार मिले इसके लिए सरकार अपने आप प्रयास करती है फिर आपको स्पेशली प्रयास क्यों करने पड़े नहीं खैर नई चीज़ें ज़रूरी हैं विकास भी जरूरी है और लेकिन इसके साथ में जो शासन की जो कई अन्य योजनाएं भी हैं उनको भी अगर हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसमें लोगों को रोज प्रशिक्षण देते हैं खासतौर से युवाओं को जो बहुत सारे फील्ड्स हैं और उनको बहुत अगर गंभीरता से उनके अगर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए तो हमारी जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की जो समस्या है देश में प्रदेश में तो उस पर काफ़ी जुलंत कोई समस्या नहीं, समस्या नहीं है और सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं भी प्रारंभ की हुई है काफी फंडिंग भी कर रहे हैं लेकिन होता यह है कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती इस पे अपन बाद में बात करेंगे अभी हाल ही में आपने ग्वालियर में स्वरोजगार मेला लगाया जी और तमाम सारे लोगों को सौ से ज्यादा लोगों को तो ऑन स्पॉट पर ही आपने हाँ नौकरियाँ लगवाई बिल्कुल ये आ, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने इसके मतलब ये पूरे प्रदेश की जो शासन की तरफ से जो निर्देश आते हैं उसके अतिरिक्त हमारे कमिश्नर सर के द्वारा अलग से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत हम लोग सभी लोगों ने मिलकर बहुत सारी कंपनियों को बुला के जिसमें अभी हमने जो हाल ही में एक दो दिन पहले रोजगार मेला लगाया था उसमें आठ कंपनियों को बुलाया जिसमें मालनपुर की और कुछ लोकल और कुछ बाहर की कंपनियां इंदौर वगैरह की कंपनियाँ थी उसमें अपने जो हमने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो अपने बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया था कई प्रैक्टिकल चीज़ों में जैसे होटल के रिसेप्शन के लिए या सोलर पैनल इंडस्ट्री के रूप में कैसे काम करने का मौका मिले तो उसमें जो हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया फिर हमारा ये प्रयास है कि जो जितने 1100 बच्चों को जो हमने प्रशिक्षण दिया पूरे हमारे 1100 बच्चों को आ, या तो हम उनको कंपनी में अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट करा दें और आ, या फिर उनको आ, हम उनका खुद का स्टार्टअप शुरू कराएं, चाहे वो उनका सोलर के फील्ड में हो या उनका खुद का होटल हो या इसके लिए जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसमें हम लोग आ, पी एम योजना के अंतर्गत छोटे से लोन दस हज़ार रुपये से लेके जो अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन है इसमें दस लाख रुपये तक का भी लोन मिलता है उसमें बैंकर्स को बुला के और उनको मोटिवेट करके उनसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनके अपने खुद के के स्टार्टअप शुरू हो जाएं। कई बार बैंकर्स बड़ी दिक्कत करते हैं हैं बैंक्स खास करके हैं। लोन नहीं देते आपको धमकाना भी पड़ा था बीच में का, का, काफी कुछ प्रयास करने पड़े बीच में धमकाना क्या हमने तो विशुद्ध एक साल पहले की घटना है कि हमारी जो कुछ ऐसी महिलाएं थी जो दस रुपए का लोन लेकर छोटा छोटा चोरी बेचने का इसका कर, रोजगार करना चाहती थी तो आ, या, मेरे पास ये जानकारी मिली कि हमारी वो उनका हमने उनके सबके आवेदन भरवा दिए थे पी एम योजना के अंतर्गत क्योंकि इसमें जो स्कीम इस है माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है और उसमें कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता और ₹10,000 का उनको हर तरीके से फ्री लोन मिलता है जो नौ महीने में चुकाना होता है अगर दस महीने में अगर वो लोन चुका देंगे तो उनको बीस मिलेगा बीस चुका देंगे पचास मिलेगा और इसमें दस हज़ार रुपये का लिए तो काफ़ी जब मैंने एक साल पहले इसमें ज्वाइन किया था या मेरे काम मिला था तो बहुत ही ग्वालियर नीचे स्थिति में था तो फिर उसका कारण जब हमने पता किया तो बैंकर्स काफ़ी नाटक कर नाटक ना कर रहे थे मतलब असहयोग कर रहे थे नहीं दे रहे थे तो हमने फिर पहले तो पोलाइटली सबसे निवेदन किया मीटिंग बुलाई नहीं हो पाया तो फिर एक यही समझ में आया कि गांधीगिरी हमने की थी और हमने उनके ऑफिस में पहुंच के झाड़ू और साफ सफाई करना शुरू किया स्पेशली उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि और उनको प्रयास किया उनको इस बात का मोटिवेट किया कि ये और समझाने की भी कोशिश थी हमारी हर बैंकर्स के पास जाके कि ये दस हज़ार रुपये का ऋण जो है छोटे गरीब लोग जो कि दो रुपये से लेके पाँच रुपये सैकड़ा तक का उनका अपने काम करने के लिए ब्याज पे मिलता है अगर ये इस योजना के अंतर्गत हम अब मोटिवेट करके इनको हम दे देंगे और खुद भी ये काम करेंगे तो इनको बड़ी राहत मिलेगी बड़ी खुशी की बात है उससे हमारे प्रयास से बाद में बीस हजार के सेगमेंट में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ग्वालियर को और पैंतीस हमने दस के लोन पैंतीस लोगों को दस का लोन दिलवा पाया और फिर पचास में तो ग्वालियर ने सबसे पहले जब लोन डिस्पर्समेंट होना शुरू हुआ से थर्ड ट्रांच का जो शुरू हुआ थर्ड फेज का लोन देना शुरू किया इन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसमें ग्वालियर नंबर वन पे रहा पहला ग्वालियर नगर निगम था जिसने पहले दो लोगों को दिया और आज भी दूसरा स्थान बनाया हुआ है ग्वालियर नगर निगम मध्य प्रदेश का स्थान पचास हज़ार के लोन के लिए दूसरा है प्रथम स्थान है और पूरे देश में और ग्वालियर नगर निगम दूसरे स्थान पर है आज ये आज भी ये लगातार हम लोग एक सौ एक लोगों को पचास हजार रुपये का लोन जी, दे जी, चुके जी, हैं। तो आपने हासिल कर ली आप आपके कमिश्नर साहब किशोर कन्या जी जी किशोर सब लोग लगे रहते हैं मेहनत करते हैं जिसका ये परिणाम सामने आया लेकिन बैंकर्स को दिक्कत क्या आती है वो क्यों नहीं बैंकर्स एक्चुअली में ये जो दस का लोन हो चाहे दस करोड़ का लोन हो डॉक्यूमेंटाइजेशन एक ही जैसा करना पड़ता है बैंकर्स की परेशानी ये होती है कि छोटा लोन है छोटे गरीब लोग हैं अनपढ़ हैं थोड़ा मतलब उनको बैंकिंग बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं होता है तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर तो आती है लेकिन मुझे लगता है अलावा भी मैं इसके लिए काम करता हूँ देखा कि बैंकर्स की ये प्रॉब्लम है आपकी ये प्रॉब्लम है और जो लोन लेने वाला है जी जिसके लिए पूरी योजना है जिसके लिए प्लानिंग है जी मैंने नरेंद्र मोदी साहब से देखे शिवराज सिंह साहब तक सारे लोग लगे हुए हैं जिसके लिए उनी को अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो सारी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं कोई मतलब नहीं तो इसमें कहीं आपने कुछ प्रैक्टिकली ऐसा निकाल के देखा कि शासन को इसमें क्या करना चाहिए शासन के स्तर पे और क्या सुझाव हैं इसमें कि ये काम और आसानी से और कहना था ये सहजता से नहीं बिल्कुल ठीक है मैंने अपने जो हमारा यूएडी है नगरी प्रशासन तो, आयुक्त में भी लिखा इसके लिए उनकी अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पर बैंकर्स हमारे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एस की बैठक ली गई है उन्होंने जो स्टेट लेवल की जो बैंकर्स कमेटी होती है उन उनको भी लगातार वो भी ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से भी uh, लगातार इसके निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि बैंकर्स को कहा जा रहा है कि ये पीएम एम सोनदी की सबसे माननीय प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है तो उस पर फोकस करें अभी एक uh, प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था तो सहयोग से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल से मिलने का मौका भी मिला था तो हमने इस बात पे भी चर्चा हुई डिस्कशन हुआ था उन्होंने भी कहा कि नहीं बैंकर्स को कुछ प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से भी लगातार उनको निर्देशित किया जा रहा है कि इस योजनाओं में जितने भी बेरोजगार से संबंधित योजनाएँ हैं या लोन देने की योजनाएँ हैं पे अधिक से अधिक प्रायरिटी बेसिस पे कार्य करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमेशा से खैर निर्देश रहे हैं लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है चूँकि एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है डॉक्यूमेंटाइजेशन तो पूरा करना ही पड़ता है बैंकर्स को तो थोड़ा सा उनको संकोच रहता है इस काम के लिए और इसी बात के लिए फिर वो नगरी निकाय को एक टास्क दिया जाता है जो कि हम लोगों का उसको पूरा करें जनप्रतिनिधियों से हम लोगों का से संबंध में ज़्यादा होता है हम लोग ज़्यादा बात समझते हैं गवर्नमेंट जो बैंकर्स हैं उनका अपना एक अलग और होता है तो वो उस, उनको ज़्यादा पब्लिक लाइविलिटी के बारे में इतना अवेयर नहीं रहते तो हम लोगों का तो खैर पब्लिक से डे टू डे का टच रहता है इसकी वजह से हम लोग को ये टास्क भी इसीलिए दिया जाता है कि हम ये पूरे टारगेट पूरे का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले उसके लिए उसके कर रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी सी कहीं तकलीफें है हैं तो उसमें वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। रोजगार व्यापार नगर निगम किस तरह से मदद कर रहा है नगरीय निकाय किस तरह से मदद करे इस पर हम चर्चा के इस दौर को जारी रखेंगे फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक अच्छा मस्ती और मुझसे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 आपने बालाघाट में शाजापुर में भोपाल में कई जगह आपने काम किया भिंड में दतिया में एक सबसे ज्यादा आपकी चर्चा हुई बुजुर्गों को उनका हक हाँ दिलाने के लिए उसकी शुरुआत भी भोपाल से हुई जी, जी बिल्कुल ठीक बात है वो मैं अपनी सर्विस जॉब जो हमारी जॉब है उसका सबसे अच्छा मतलब अवसर मानता हूँ मैं तो सौभाग्य मानता हूँ ये, ये अवसर मानते हैं कुछ ऐसे नालायक संतानी हो जाती है जो अपने माता पिता की संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं उनको घर से बेघर कर देते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के कुछ बनाया होता है ऐसे बुजुर्गों के साथ मुकुल गुप्ता साहब खड़े हुए और उनके हक हाँ की लड़ाई लड़ी और तमाम बच्चों को नसीहतें दी रास्ते पे लाए जो रास्ते पे नहीं लाए उनको शिक्षकों तक पहुँचाए जी बिल्कुल ठीक बात है भरण पोषण अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो में बना दिया था और उस समय चूँकि नया एक्ट था लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और जब मैंने यहाँ एस गोविंदपुरा एस के रूप में ज्वाइन किया तो मैंने भी इस एक्ट की स्टडी की तो काफ़ी मुझे लगा कि कई केसेस इस तरह के लगातार आ रहे हैं जो अपने ही बच्चों से प्रताड़ित हैं तो उसमें फिर मैंने काफ़ी मज़ा रुचि भी हुई काम करने का मौका भी मिला और कई लोगों को राहत दी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको राहत दे पाया और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरह की कुछ केसेस उसके पास गए होंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया और जितना मैं उसमें फिर काम करता रहा तो लोगों को का काफ़ी उस पर इस्टेट गवर्नमेंट पे विश्वास भी हुआ खासतौर से एसडीएम लेवल में कि इस तरह के लोग बार अपनी समस्याएं लेके आने लगे और भोपाल में मुझे इस तरह की समस्याएँ कुछ ज़्यादा ही मिली शायद यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी गवर्नमेंट ऑफिसियल ज़्यादा रहते हैं जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं कर पाते तो पेंशन या जो उनका रिटायरमेंट फंड मिलता है उस पर डिपेंड रहते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे कहीं ना कहीं या तो बाहर चले जाते हैं तो उनको उपेक्षित छोड़ देते हैं या अपने उनके लिए चूंकि सोचते हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी इतना काम का नहीं रहता बुजुर्ग तो नहीं हाँ तो उनकी तकलीफें हमें खासतौर से ज़्यादा मिली तो लगा कि ये तो इसमें बहुत अच्छा जरूरत सामाज है सामाजिक सामाज समस्या भी है इसमें लगता है कहीं कहीं संस्कारों में भी जो करिया में। करिया रह हैं वो एक, इसके पीछे पूरा कारण यही है कि ये पूरा भौतिकवाद वाला युग आ गया है और इसमें हरा यूनिक फैमिली ज़्यादा हो रही हैं लोग अपने मियाँ बीबी अपने बच्चों पर ही कंसेंट्रेट हो रहे हैं पहले जो हमारी संयुक्त परिवार प्रथा थी तो उसमें बुजुर्गों को कभी समस्या रही नहीं अपने अपना देश का जो कल्चर रहा भारतीय संस्कृति रही उसमें कभी बुजुर्गों क्योंकि बुजुर्गों हाँ कभी उपेक्षित नहीं रहे क्योंकि इविन जो पुराने आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उनमें जो बुजुर्ग जो कह देते हैं वही बात मानी जाती है, चलती है और उनका जो आखिरी सयाह पे भी पड़ा होता है तो उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं होता और उनको कभी ना तो अस्पताल की जरूरत पड़ती रही और ना ही कभी ओल्ड एज होम की या कभी अपने देश में कोई कल्चर ही नहीं रहा सोचता भी नहीं सोच भी नहीं सकता था पाप माना जाता था पाश्चात्य संस्कृति में तो वह एक आम बात है अमेरिका ब्रिटेन वगैरह यूरोपियन कंट्रीज़ में या जापानीज में तो ओल्ड एज होम बहुत ही नॉर्मल बात है लेकिन अब चूंकि यहाँ पे भी उसका प्रभाव जैसा जैसा आ रहा है तो वैसा ही ये सारी परेशानियाँ भी बढ़ के आ रही हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इसकी इस ऐसे प्रावधान की आवश्यकता समझी पहले भी था भरण पोषण मेंटेनेंस uh, के लिए पहले भी प्रोविजन थे सिविल uh, सिविल uh, उसमें थे सीपीसी में थे लेकिन उसकी सिविल कोर्ट से ये राहत पड़ाना इतना कठिन हुआ करता है कि वो uh, एक तो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों की शिकायत करते नहीं है कभी भी मतलब वो अपने पड़ोसी से नहीं करते स्थिति ये होती है अपनी भारतीय संस्कृति मरता मत मर जाएगा लेकिन अपने बच्चे की शिकायत नहीं करेगा लेकिन काफी जब स्थिति खराब हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जाए फिर कोर्ट में जाके कहे उसको तारीख पे तारीख मिले तो उसके जाए उन्होंने 2007 में फिर ऐसा जो लाभ मिल सके तो ऐसे प्रोविजंस किए गए बहुत ही अच्छा आ, सीनियर सिटीज़न एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने और आ, मुझे भी मौका का मिला अवसर मिला काम करने का एस के रूप में तो उसमें काफ़ी अच्छा भी लगा काफ़ी लोगों को कई ऐसे बुजुर्ग आए कई लोग आए जो इंटरेस्टिंग वाकियात भी हुए यहाँ पर काफ़ी तो इवन एक मैं आपको बताना चाहूँगा एक तो बेटा ही आया कि साहब मैं अपने माँ माता पिता को बहुत चाहता हूँ लेकिन मेरी पत्नी से मैं डरता हूँ <laughs> और वो आप ऐसा करिए आप मुझे बुला के डांटिए <laughs> पत्नी से कुछ मत कहिए <laughs> नहीं हाँ पत्... और पत्नी के सामने बुलाइए पत्नी को भी डांटिए मुझे भी डांटिए मेरे माता पिता को आवेदन में खुद देके गया और वो फिर ऐसा ही हुआ मैंने उसको बुला के डांटा और समझाया कि बेटा अपने माँ की सेवा करो तो वो फिर वो काफी ऐसी चीजें हुई या मैंने काउंसिलिंग भी की ऐसे बच्चों के माँ बाप की कुछ अगर माँ बाप की गलती हुई उनको भी समझाने की कोशिश की ताकि क्योंकि अगर फैमिली कहीं टूटती है परिवार टूटता है तो उसका समाज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कई प्रकार की समस्याएं वहीं से परिवार से शुरू हो जाती हैं अगर समाज टूट रहा है तो इन बच्चों पर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी क्योंकि जो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों पर तो ख्याल रखते ही हैं और लेकिन जो अपने नाती पोतों का उनके संस्कार में देते हैं वो कहीं अगर कमी रह जाती है तो बच्चे या तो समाज विरोधी हो जाते हैं या उन्हें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति समाज में टूटने शुरू हो जाती है उसको दूस, टूटने इसी दूसरा मसला आपने जो बेरोजगारी वाला मामला है एक देश में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार रोजगार कैसे मिले और जब रोजगार की बात आती है तो एक ही कि ना तो स्किल लेबर है हमारे पास ना प्रशिक्षित व्यक्ति हैं कि उनके पास उचित प्रशिक्षण हो तो आप कितने लोगों को एक बार मैं ट्रेनिंग दे पाता हूँ इसके संबंध में जो मध्य प्रदेश सरकार से जो पूरे हरि हर नगरीय निकाय को कोटा दिया जा रहा है तो जैसे इस बार का था हमारे ग्वालियर नगर निगम में 1100 बच्चों को मिला हमने सारे 1100 बच्चों का बड़ा डायरेक्ट मॉनिटरिंग की और उनको जो जितने इंस्टीट्यूट को मिला मैं डेली उनको खुद भी सीसीटीवी के माध्यम से उनका चेक करता रहा ताकि उनको ट्रू प्रशिक्षण मिले तो यही कारण है कि उनका प्रशिक्षण मिला तो कंपनियों ने उनको हाथों हाथ लिया हमने डेढ़ बच्चों का वो रखा था तो प्लेसमेंट के लिए उस दिन तो उसमें से पचहत्तर बच्चों को उन्होंने ले लिया क्योंकि 26 बच्चे खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे उसी फील्ड में जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया था जिनमी फील्ड थी तो उन्होंने 26 बच्चों ने तो वो मना कर दिया था कि मैं खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं पचहत्तर बच्चों को मिल गया था पचहत्तर को नेक्स्ट फेज में हम अपने नगर, दूसरा एक माध्यम से उनको भी आपका जो विभाग है आप जैसे बताया कि डे टू डे आप लोगों से टच में रहते हैं उनके साथ समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं और सर्वाधिक शिकायतें भी लोगों को नगर निगम से ही होती है आप पूरे प्रदेश में देश में चले जाए तो बिल्कुल सही लोकल बॉडीज जो है वो टारगेट होती हैं बिल्कुल होती हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो मैं न, न, न, जो नगर निगम है वो आम आदमी की छोटी सी छोटी समस्या अगर उसके घर की आ, नाली बाथरूम की भी नाली अगर रुक जाती है तो उस नगर निगम का ही वार्ड ऑफिसर याद आता है और कर पी पाता है उसके अलावा वहाँ से ले मैं समझता हूँ अगर कहीं भी किसी भी शहर में कोई प्रशासन होता है तो सबसे पहले नगर निगम ही होता है साफ सफाई बिजली स्ट्रीट तो इतनी अथाह चीजें होती और हैं और ये बात भी आती है कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है हाँ तो ये भी एक पॉइंट रहता है कि जनरली क्या होता है फिर भी पॉलिटिकल इसमें जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही इसका प्रशासनिक हेड रहते हैं हमारे मेयर रहते हैं उनके साथ समस्या होती है कि वो लोगों से जुड़े होते हैं तो वो बहुत ज्यादा अलोकप्रिय कठोर निर्णय लेने में संकोच होता है चाहे वो जलकर माफ़ी के संबंध में हो सभी चाहते हैं कि जलकर माफ हो जाए सभी चाहते हैं संपत्ति कर हमारा वसूल ना किया जाए चूँकि पब्लिक को लगता है कि जितनी राहत मिल सके तो कहीं ना कहीं वो भी जनप्रतिनिधि की भी मजबूरी होती है उनको फेस करना पड़ता है तो हमारी रेवेन्यू उससे इफेक्टेड होती है तो कानून एक गाइडलाइन हो ऐसा आपको नहीं लगता कई बार गाइडलाइन से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती इतना चूँकि हमारा लोकतांत्रिक प्रजातान्त्रिक देश है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून से कुछ भी नहीं होता हम लोग मेरे भी कोशिश यही रहती है कि हम जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाके जितना कन्वेंस कर सकें इतनी सब ये टैक्स भी जरूरी है टैक्स पे करना भी जरूरी है वो ज़्यादा सहूलियत भरा रहता है और कानून तो हैं सारी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है मैं अभी जैसे ग्वालियर गौ, नगर निगम में गया था तो वहाँ पे एक व्यक्ति पे चालीस लाख रुपये तीस लाख रुपये का बकाया था तो कभी वहाँ पे कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई मैंने वहाँ पे उस व्यक्ति की ना केवल कुर्की की प्रॉपर्टी की उसकी ऑक्शन भी किया वसूल भी किया प्रोविज़न तो है लेकिन कहीं ना कहीं फिर उससे लोगों से लोग चूँकि जोड़ा हुआ होता है नगर निगम जिला प्रशासन वड़ा के लिए चूँकि ऐसा लाइविलिटी नहीं होती डायरेक्ट चाहे मैं एस डी चाहे कलेक्टर हों तहसीलदार हो, तो जनप्रतिनिधियों से उतना का नहीं रहता वो अलग प्रशासक की भूमिका में रहते हैं निगम में जो जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं उसके हम लोगों के हेड जो होते हैं चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि होता है और वो उनका मजबूरी होती है कि जन जनता से वो नहीं कर सकते इसलिए थोड़ी मुकुल जी बता रहे थे कि समस्या जो हैं वो तमाम सारी है उसके बीच में से ही रास्ता निकालना पड़ता है लेकिन आपने बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए जो काम किया और रोजगार के लिए आप जिस तरह के काम कर रहे हैं मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों की समाज को बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि समाज में अमन चैन और शांति बनी रहे आप स्टूडियो में आए आपने वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभाग बात में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें